जी हाँ फ्रेंड जैसा कि आपने देखा है थंबनेल में एक ये आईसी है हमारे पास ये हमारी बेसिकली रैम है तो ये रैम जो है ये किसी भी यूनिवर्सल में नहीं हो रही है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारा हमने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट मंगाया हुआ था पर ये नहीं हो रही थी तो रीज़न एक ये है फ्रेंड कि हम इसको आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है इसको हम करने वाले हैं बिना किसी एक्सटेंसल के फ्रेंड तो जी हाँ बहुत बहुत आप बहुत आपने सही सुना है जी हाँ आज इसको करने वाले हैं बिना एक्सटेंसल के बिना इसके स्टेंसल से

इसकी कोई भी सहायता हम नहीं लेंगे और हम करेंगे इसको रिवॉल्व और वो कैसे करेंगे आप वीडियो को लास्ट थिंग तक जरूर देखिएगा वीडियो थोड़ी सी बड़ी है पर फ्रेंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी एक बॉल जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉल भी मिस नहीं करेंगे आपको हर एक लाइव वीडियो दिखाएंगे कोई कटिंग वीडियो यहाँ पर नहीं दिखाने वाले जितनी भी इसकी आप बॉल को दिखाई दे रहा है फ्रेंड ये सारे बॉल को हम कवर करने वाले हैं वीडियो बड़ी है आप भी देख सकते हैं मेहनत ये जो है मेहनत मेहनत आप करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता है

सब चीज़ पॉसिबल है बस वो मेहनत के ऊपर है यहाँ पे हमने जब इसको यूनिवर्सल को रखा था इतनी सारी यूनिवर्सल मैंने मंगाया हुआ था पर ये मैच नहीं हुआ तो मैच नहीं हुआ तो हम इसे काम को छोड़ना नहीं है अगर आप काम को छोड़ देंगे तो बैक हो जाएगा बट फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि इसको हम करने वाले हैं प्रॉपर बिना किसी एक्सटेंसल के हर एक बॉल तो लास्ट टेन तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़ गाइज ये आपको ये हमारे टेक्निकल लाइन में बहुत ही मोटिवेट करता है और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ना फ्रेंड ये मोटिवेट के थ्रू ही है

तो वीडियो को लास्ट दिन तक देखिएगा आपको हर एक बॉल कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो मैं छोड़ने वाला हूँ हर एक लाइन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बॉल बनेगी और कैसे बनेगी ये वीडियो को लास्ट दिन तक आप ज़रूर देखिएगा

हैंड स्किल है हैंड स्किल जितना आप अपने आप को प्रॉपर करेंगे उतना आपको बहुत ही इजी होगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा बट अगर ये मेहनत हमारी अच्छी लगी होगी फ्रेंड तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि जो मेहनत है ये बहुत ही मेहनत करना पड़ता है इस फील्ड में तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं

तो इस आईसी को आप देख सकते हैं जैसा कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये आईसी आप देख सकते हो बिना किसी यूनिवर्सल किसी स्टंसल के जो कि आप देख सकते हो आपके सामने लाइव क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो हमने यहाँ पे बनाई है आपके लिए और ये हो पाया है हमारे मिलन सर के द्वारा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो सारा चीज़ तो ये मेहनत करने के ऊपर है मैं चाहता था इसी पहले मैंने एक बॉल स्किप नहीं की है हमने यहाँ पर हर एक लाइन को आपको लाइव दिखाया है

इसलिए क्योंकि आपको लगे कि मेहनत कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड तो आप ही देख सकते हो मतलब तो ऑसम और आपको क्या बताऊं मैं कि बिना मैं तो लाइव ही था और सारा चीज़ आप देख सकते हो फिर बिना किसी आ, आ, मतलब स्टेंसल के जो कि हमने आपको शुरू में बताया था ये पॉसिबल हो गया है और तो ये मेहनत है मेहनत आप भी करोगे तो बिल्कुल सफलता पा सकते हो पर अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू